फ्रेंड्स मेरा नाम आकाश है और हमारे रुपया को चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्त आज हम लेके आए बहुत ही शानदार धमाकेदार वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे कि अपने जो लैपटॉप या पीसी या कंप्यूटर में जो फोल्डर होते हैं उन फोल्डर को हाइड या कैसे छुपाएंगे कैसे गायब करेंगे उनके लिए बता दे होता होता है है है। ऐसा डाटा पर्सनल जो उस जो है। फोल्डर फोल्डर में हुआ वो देख लेता लॉक करते हैं फिर भी लॉक पता लग जाता है से वापस नहीं ला सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपके लिए अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला और क्या क्या अच्छा लगा क्या क्या इसमें किस तरह से आपने फोल्डर को गायब किया और किस तरह से फोल्डर को आपने हेडन किया है तो दोस्तों हम आपके लिए ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए बताएंगे पूरा प्रोसेस अपने लैपटॉप में कि उस फोल्डर को कैसे गाइप करते हैं कैसे उसको करते हैं तो इसमें आपको राइट क्लिक, क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद यहां पे जाना है प्रॉपर्टीज बार पर और यहां पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आ रहा है यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है यहां पे देख रहा है आपको हिडन हिडन पे क्लिक करना है और इसको अप्लाई करना है और इसको कर देना है क्या ओके तो इसको ओके करने के बाद यहां पे करना है इसको फिर से ओके तो यहां पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से फोल्डर हमारा नहीं छिपा रहा है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा फोल्डर हिडन नहीं हुआ है गायब नहीं हुआ है तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं तो आपके लिए क्या करना है विंडो के साथ ही दबाना है और अपने कंप्यूटर पे पहुंच जाना है कंप्यूटर पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्टोमाइजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आता है फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन इसमें आपके लिए क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपको व्यू पे जाना है व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे कहता है डोंट सो हिडन फाइल फोल्डर और क्लिक करने के बाद इसको करना है अप्लाई और कर देना है आपके ओके तो आप देख सकते हैं कि जादू हो गया आपका जो फोल्डर था वो गायब हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये मैजिक जादू से कम नहीं थे यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्डर था आपका वो गायब हो गया आप सोचेंगे उसको गैप तो कर दिया वापस कैसे लेके उसके लिए क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे कि वापस उसको कैसे ला सकते हैं तो यहाँ पे आपके लिए, कर लिए, आप लिए फिर से जाना है छुपाया था सर्च ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करना है है पे अप्लाई और उसको क्लोज कर देना है आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर कहाँ यहाँ पे आ चुका है मगर ये अभी सो नहीं हुआ है इसको क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोपर्टीन पे जाना है इसको सो से क्लिक करना है अप्लाई करना है इसको कर देना है है है ओके ओके और okay. ठीक तो हमारा फोल्डर पे पे पे फिर से से आ चुका आप वीडियो हुआ डाटा हुआ डाटा हुआ हुआ हुआ डाटा डाटा डाटा पर्सनल गर्लफ्रेंड बात करा वो सब यहाँ पे कर सकते हैं और इसको छुपा सकते हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएकिंगे जो कोई नहीं बताता है तो हम चलते हैं जय हिंद दोस्तों जाहें।